का टाइम था तो सोचते रहे चार लोग क्या कहेंगे चार लोग क्या कहेंगे अब बीमारी ऐसी आई है कि तू तो कुछ समझ नहीं पाएगा जिनके बारे में जिंदगी भर सोचता रहा ना उनमें से एक भी अब देखने नहीं आएगा